तो हेलो मेरे प्यारे दर्शकों आज हम इस वीडियो में फाइव मिनट्स का आपको फूड है को रोस्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो में किसी भी गाली ग्लोज का प्रयोग नहीं किया गया है और ये केवल मनोरंजन के पर्पस के लिए बनाई गई है तो अपनी वीडियो को हम शुरुआत करते हैं ठीक है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना ठीक है तो देखते हैं उन्होंने क्या करा सबसे पहले उन्होंने एक लिया इसके बीच में से काट दिया और इसे खोल दिया इसमें चॉकलेट भर दी पता नहीं क्या कपूर की गोली भरी है इन्होंने ये मैं पता नहीं क्या है इसमें इसमें थोड़ी सी चगली डाली ये रैपर ले लिया अब इन्होंने शेक दिया ये क्या कर दिया भाई ये सड़ा दिया गया पूरा काला कर दिया ओ भाई, भाई? वो भाई ऐसे कौन खाता भाई पेले वो उन्होंने लाइफ है हमें पागल समझ रखा है कि जैसे कि ये लोग बिल्कुल पका के खाते हैं चलो हमने आप देखते अब इसमें क्या लिया उन्होंने एक नूडल्स का पैकेट लिया इसे काट लिया अच्छे से ठीक है अब जो इन्होंने खोला इसमें से मसाले का पैकेट लिया मसाला डाल दिया अभी गर्म पानी डाल दिया और ये मैगी पक चुकी है अभी इसमें भाई दूँ अब वो भाई फ़ोन क्यों रख दिया भाई फ़ोन पागल ले गए लोग फोन ख़राब नहीं हो गया क्या भाई इसकी तो मैगी भी पक गई और एक खा भी वाह इन्होंने बिल्कुल ही भाई हद कर रहा कि है फूड हैक वालों ने तो बस ना ही पूछो अब देखते हैं ला फूड हैक तो इस हैक में इन्होंने दूध उबाला और ये निकल गया तो इन्होंने एक भगवाना लिया इसके ऊपर प्लेट रखी ठीक है अभी उबाल रहा है तो वाह क्या कार्य है मतलब कि भाई दो मिनट खड़े नहीं हो सकते अपने दूध के पास मतलब हैक इस्तेमाल कर रहे हैं ये कि दो मिनट अपना दूध उबाल इनके पास इतना टाइम नहीं है भले ही वीडियो बना रहे हो भाई सब दो मिनट का टाइम है उसी आदमी के पास अलग अलग हैग बना रहे हैं इन्होंने तो भाई इस हैग में इन्होंने एक बोतल ली इसे काट लिया अच्छे से ठीक है अब देखते के जो क्या करेंगे इन्होंने काट, तो काट, तो काट लिया इन्होंने बहुत अच्छे से काट लिया सलवाई काट लिया अब इन्होंने क्या करा इन्होंने जूस में डुबाया इसे जूस छानने के लिए बनाया तो भाई इन पागलों को कौन समझाए भाई इनके बीच छिपकल तो इसी में रह जाएगा पर इनका बीच तो आएगा ना जूस में तो भाई छन्नी नाम की कोई चीज़ होती है से तो छान तो लेते यार भाई बिल्कुल ही मतलब गंद मचा रखा भाई कुछ भी जैसे आज का वीडियो ही समाप्त आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो